भाषा शिक्षण द्विभासीय अनुवाद के इस नए सत्र में आपका स्वागत है आज की चर्चा हम करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों के ऊपर पिछले हफ्ते की एक खबर है इंडिया लास्ट वीक बिकेम द फर्स्ट ऑफ श्रीलंकाज क्रिएटर्स टू ऑफिशियली बैक द क्राइसिस हिट कंट्रीज डेप्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम बाय सेंडिंग फाइनेंशियल एश्योरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस अनुवाद होगा पिछले सप्ताह श्रीलंका के कर्जदाताओं में भारत पहला ऐसा कर्जदाता बना जिसने आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन भेजकर उस संकटग्रस्त देश के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन दिया द आई एम एफ मेड इट्स डॉलर टू पॉइंट नाइन बिलियन पैकेज फॉर श्रीलंका कंटीजेंट ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एस्योरेंस फ्रॉम द आइसलैंड नेशन ऑफिशियल क्रेडिटर द्वीप देश के आधिकारिक कर्जदाता से वित्तीय आश्वासन प्राप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन डॉलर का आकस्मिक निधि बनाया है चाइना जापान एंड इंडिया आर श्रीलंका थ्री लार्जेस्ट बायोलेट्रल लेंडर्स। चीन जापान और भारत श्रीलंका के तीन सबसे बड़े द्विपक्षीय देनदार हैं Sri Lanka will now have to get similar assurance from China and Japan before it receives the crucial IMF aid Antarrashtriya Mudra Kosh se yah mahatvapurna sahayata paane ke liye Sri Lanka ko ab China aur Japan se bhi aisa hi aashwasan prapt karna hoga India's external affairs minister S Jaishankar who visited Colombo on January 20 said India did not वेट फॉर अदर बायलेटरल क्रिएटर बट डिड व्हाट इज राइट फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमिक रिकवरी भारत के विदेश मंत्री एस जे. जयशंकर जो दिनांक 20 जनवरी को कोलंबो गए थे उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देनदारों की प्रतीक्षा किए बिना ही श्रीलंका के हित में में जो सही था वही किया है यह हो गया शाब्दिक अनुवाद अगर इसका भावानुवाद करेंगे या सही अनुवाद इसका होगा दिनांक बीस जनवरी को कोलंबो दौरे के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने बिना द्विपक्षीय ऑफ इंडिया बिलीव इन द प्रिपल ऑफ नेबरहुड फर्स्ट एंड नॉट लिविंग ए पार्टनर टू फेंड फॉर दिल्फ श्री जयशंकर ने कहा कि यह निर्णय भारत के पड़ोसी पहले वाले सिद्धांत का प्रमाण है जिससे जिसमें हम अपने सहयोगियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते अगला और आखिरी वाक्य है लास्ट ईयर इंडिया हैड एक्सटेंडेड नियरली फोर बिलियन डॉलर असिस्टेंट टू तो श्रीलंका बाय वे ऑफ क्रेडिट्स एंड रोल ओवर्स क्रेडिट्स एंड रोल ओवर्स का बैंकिंग शब्दावली में अलग अलग अनुवाद मिलेगा इसका आसान अनुवाद होगा पिछले वर्ष उधार और ऋण विलंबन की प्रक्रिया के माध्यम से भारत ने श्रीलंका को लगभग चार बिलियन डॉलर की सहायता दी थी आज के सत्र में बस इतना ही अगले सत्र में पुनः कुछ नए समाचारों के साथ मिलेंगे तब तक अगर अब तक आप हमारे मंच से जुड़े नहीं हैं तत्काल जुड़ जाइए ताकि रोज़ सुबह आपको नई खबरें मिलती रहें